पता हुआ तुमने शादी कर ली मैंने इंतजार किया था सबर तो नहीं किया था ना तो तुरंत चक्कर में बुढ़िया हो जाए <laughs> <आयो तुमा। laughs>